आरओबी ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर को फटकार लगा दी ब्रिज निरीक्षण के दौरान जब सारंग को अतुलकर नहीं दिखे तो उन्होंने कहा आप लोग गाड़ी से नहीं उतर रहे हो मैं निरीक्षण करने आया हूं। भोपाल के आर ओबी ब्रिज निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने एडिशनल सी सचिन अतुलकर को फटकार लगा दी मंत्री सारंग ने सचिन अतुलकर से कहा पर खड़े थे भाई मैं यहाँ घूम रहा हूँ मेरा दौरा है आप लोग गाड़ी से नहीं उतर रहे हो इस पर एडिशनल सीपी ने सफाई देते हुए कहा कि वे गाड़ी में बैठे थे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिज का इनोग्रेशन करेंगे और सीएम के प्रोग्राम को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कहाँ खड़े थे भाई है? मैं यहाँ घूम रहा हूँ मेरा दौरा है आप लोग गाड़ी ऐसी नहीं उतर रहे हो संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक